सो हेलो एंड वेलकम बैक टू गाइज आर्मी चैनल सो गाइज आज मतलब आज का चैनल एकदम बढ़िया वाला होने वाला है ओके गाइज आज का चैनल मतलब यूनिक एकदम यूनिक वाला होने वाला है गाइज आज हम फैक्ट्री पे 5 मिनट के लिए कब्जा करेंगे फैक्ट्री को गाइज ओके गाइज टाइम हो चुका है ओ भाई साहब भाई उतर ओ तो पी गाइज तो ओ भाई साहब 8 सेकेंड में दो बंदे को निपटा दिया भाई तो था था। भाई साहब ऊपर तीन ही बंदे उतरे थे तो मैं नीचे नीचे उतर गया ओके? भाई तीनों बंदों को मतलब चौदह सेकेंड में ही खत्म कर दिया भाई इतना प्रो प्लेयर मैं, ओके तो गाइड अब हम फैक्ट्री पे देखेंगे और बंदे होंगे या नहीं और गाइड मतलब हे यार गाइड वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते चैनल तो गाईट जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो गाइड वो जाके जल्दी से कर दो ओके और गाइज देखते हैं गाय यहाँ पर भाई क्या हो गया टाइमर को चलो गाय एक मिनट होने वाले तो गाइजाइज चलो एक मिनट हो गया और हमने अभी तक यहाँ पर सर... मतलब किसी को आने नहीं दिया ठीक है भाई देखेंगे फिर भी बंदे अगर है तो मतलब तो पाँच मिनट तक हम बंदों को फैक्ट्री पे घुसने नहीं देंगे भाई ये चैलेंज है हमारा फैक्ट्री पे घुसे भी तो हम मार देंगे फिर ओके तो ये चैलेंज है गायज यहाँ पर देखो फैक्ट्री का लेम्बोर कोई नहीं उठा सकता पाँच मिनट के लिए गायज क्योंकि पाँच मिनट हमने फैक्ट्री अपने कब्जे पर ले लिया ओके देख सकते हो आप गाइज एक अच्छा था लगाऊंगा देखो फैक्ट्री भाई फैक्ट्री मेरा है भाई फैक्ट्री में फैक्ट्री को मैंने पांच मिनट के लिए खरीद लिया है ओके आप लोग यही समझो को मैंने मिनट के लिए पूरा फैक्ट्री खरीद दिया मुझे वहां पर एक बंदा दिखा साई चलो भाई अरे कोई नहीं ओके आठ मिनट के लिए हम बंदे को फैक्ट्री में घुसने नहीं देंगे भाई ये चैलेंज है हमारा ओके ये गाड़ी भी वो लेम्बोर्गिनी के साइड में रख देते हैं ओके गाड़ी सेहर चला लेता हूँ ये, ये, ये, ये देखो ये देखो भाई जी देखो सांप मतलब सांप जैसे चलता है ना वैसे ही रेंगता है वैसे ही गाड़ी चलाता हूँ अरे भाई साहब में को भाई उठा लिया धक्का दे दिया भाई लेम्बोर को। ये देखो भाई हमारे पास दो हम जाएंगे आप। जाएंगे ठीक है फैक्ट्री का राउंड मारेंगे उसको मारेंगे हो गया ये है हमारा चैलेंज बात बल्ले को घुसने देंगे मतलब समझ लो कि फैक्ट्री हमारा बॉर्डर है ओके तो ठीक ये फैक्ट्री पे हम किसी को घुसने रहेंगे भाई ये ही हमारा चैलेंज है वो तो क्या अब फैक्ट्री के चक्कर लगाएंगे और बंदे को देखेंगे कोई बंदा हाथ नहीं था यहाँ पर अभी तक तो कोई नहीं आ रहा भाई। जिन बंदे उतरे थे उसको हमने वर्कलॉक भेज दिया और यहाँ पर टचेबू थी है तो उसको भी हम उठा कर रख देंगे ओके और वो अजय देवगन वाला मतलब फ़ोटो भाई। तो थमनेल थमनेल के लिए अजय देवगन वाला वो लगाएंगे, ओके चार मिनट हो चुके हैं आप देख सकते स्क्रीन पे टाइमर है ओके पाँच मिनट होने वाले हैं गाड़ी और अभी तक तो फैक्ट्री पे तो कोई दिख नहीं रहा और हम अब डालेंगे इस गाड़ी को भी दो दो नंबर के साथ हमारा यहाँ पर अजय देवगन वाला फोटो मतलब शूट होने वाला है मतलब खत्म होने वाले पाँच खत्म होने वाले ओके काउंट डाउन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो गाइस कैलेंस कंप्लीटेड और गाइस हमने फैक्ट्री पे मतलब कटे जहर वाला वो कर दिया ओके okay, गाइस फैक्ट्री गाइज हमने पाँच मिनट के लिए कब्जा ले लिया था और अभी हमने मतलब फैक्ट्री को रिलीज कर सकते हैं ओके गाइज और ये देखो गाइज अजय देवगन वाला मतलब फोटो खिंचा रहे हैं ओके तो गाइज चैलेंज कम्प्लीट है अब देखते हैं कि कोई बंदा मतलब अभी तो नहीं आ रहा यहां पर देखते हैं गाइज ओके भाई कोई बंदा मतलब यहाँ पर फैक्ट्री पे घुस तो नहीं गया बंदा फिर वो चैलेंज हो जाएगा ओके ओके चैलेंज मतलब मिशन हो जाएगा तो पर देखेंगे गाइस कोई बंदा फैक्ट्री पे घुसा तो नहीं देख लेंगे तो गाइस फैक्ट्री पे अभी कोई नहीं है तो गाइस यार वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना हो क्या गाइस इतना ही यार चलो गाइस बाय गाइड मतलब मैं आगे का गेम प्ले नहीं दिखाऊंगा क्योंकि गाइस आप ये चैलेंज सिर्फ फैक्ट्री का चैलेंज था ओके तो गाइस बाय फिर से लेंगे नए वीडियो के साथ ओके प्रो बाई गाइड तो